जब हतो ना हमारे घरे खावे खा हम काए गए के खा। सही कह रहे हैं का लुआवे खाते हम हम नहीं हमें हम <laughs> एक बात बताओ आप लोग और जी बताएं रोशनी पटेल कि जब हतो ना हमारे घरे खावे खा, खा सुन इनको बाप आओ तो जब बिटिया की शादी करत है आदमी तो जो तो दिखत, तो, तो दिखत कम से कम के घर तो तो तो तो तो तो में भोजन है क्या भैया गलत कह रहे भाई तो तुमने हमारे बाप से लंबी होगा तो तो फेंक ही लोजी में हो इनके पिताजी बोले तुम्हारा जमीन कितनी है हमने चलो हम देखा हम अपनी बंदिया में भाई बगल में लगो एक सौ बयाल सरकारी फार्म काले जो की को अभी पूरा हम आवाज जालो तो भी दिखाता भाई कौन खेतर से होने पे आओ तो हमसे होगा हो आपका दिक्कत है ना पिताजी ने मना कर दिया हमें अपनी बिटिया बिटिया नहीं नहीं तब आप का कर रहे थे पे? का कर रहे लगे थे पे? ते झूठी ना सही कह झूठ का बात छोटी छोटी बातों में कसम खावे जरूरत है हम रोयों को भी तो बंदा समझती पीछे वाला लगे आसुगा ते ऐसा नहीं ए सीधे इनके पाप ने जब नाई कर थी सुनियो आप सब ठीक है एक एक शब्द तो कुल को निराकरण हो जाए सामने सामने इनके पाप ने जब नाई कर थी हमने कहा ठीक है जा रहे हैं हमने फटफटिया स्टार्ट कर ली और जैसे ही हम जान लगे जब ससुराल से आदमी घरे आने लगा और श्रीमती जी ससुराल में हो में, तो एक बेर कितव कन्या जी को हो एक बेर आती में जरूर एक दस हो जाएगा और जैसी हम छत पे सो सोजे ऊपर खड़ी दी दे। हमने हमने कहा कहा बोला देख नहीं हमने नहीं ऐसा झूठ ना बोली हम सही कह रहे हैं, तुम झूठ बोल बोलो तो हमने इनसे कहा तुम तकलीफ क्या है भाई, भाई। तुम्हारे घर तुम अपने घर में हो तो बोली कि मायके में मर गई हो काट काट चारो तुम काट काट चारों अरे रो ना खा, भर को ना घंगरिया घंगरिया खा भर को ना रो। रो ना खा खा खा हाथ हाथ भर भर मन मन को मिल पेरा बेखा ऐसा देखा, देखा। खा रही है बेखा घरिया हमें लगी उल्लू कोई काम नहीं कर भैया हमारी बाई लगी कोई, कोई काम नहीं दिन भर लगी ये हवा खावे, खा बे खा हा काम जरूर कर रही है लेकिन हटा कह सकते हम चाहे अब गम ना खबर नहीं तुम तो कह दो अब तुम बोलोग जो भी हमारे बाप के पास है वो तुम्हारे पास नहीं है हमारा दिल <laughs> के दिल अपने हम आप आप पास में रखो कह कह कह कह रहे घी घी खावे कि हम हम लेकिन जरूर अब अब बाकी हमसे बोलो बोलो बोलो दो सोचो से जो पशु तो वहाँ लोग आदमी को आदमी तो रहने दो कम से कम सकते? <स्थाथ> बोलो, बोलो। ओ, हम लग रहे नहीं हो सर क्या ऐसे आए तो वही लगा लगा कहे झक मार के के की, की पे फटी फरिया का के है ज़िए ज़िए। दो के में अपने एक दिन कमला की ज्वार की पे फटी चिथी फरिया लगा के छुटिया भगा रही थी हरिया कछुटिया रही ओ पलका पे लगी सो सो देखा। लगी है ते माल माल खा इन गए ते बेखा मार के झमार तो ना हम आए घरे खा बारे गे झकमार